इंडिया की आन बान शान, टाटा ने लॉन्च की है न्यू इसकी सबसे खास बात है कि इसमें आपको अफोर्डेबल प्राइस में फीचर्स मिलेंगे इसमें स्पीकर सिस्टम, सेंसिंग वाइपर, क्रूज कंट्रोल पुश बटन स्टार्ट स्टॉप, इलेक्ट्रिक ओ आरवीएम के साथ और भी कई बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे इसमें दो ड्राइविंग मोड है और ये मात्र फाइव पॉइंट सेवन सेकेंड में जीरो स्पीड पकड़ती है न्यू टाटा टियागो ई की शुरुआती कीमत आठ लाख उनचास हज़ार रुपये है और इसके साथ ही आपको एक लाख ,00 साठ हजार किलोमीटर तक बैटरी और मोटर वारंटी भी मिलेगी इसे डीसी फास्ट चार्जर से 80% चार्ज करने में 57 मिनट तक का टाइम लगता है और ये सिंगल चार्ज में 315 किलोमीटर तक रन करती है हम आपको बता दें कि न्यू टाटा टियागो ई वी इंडिया का फर्स्ट प्रीमियम हैचबैक बन चुकी है